दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आएगा कि आपका जीवन पूरा स्वस्थ हो जाएगा मैं बात कर रहा हूँ हमारे शरीर की हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है जिसमे सबसे मुख्य तत्व पानी है हमारा शरीर सत्तर पानी से बना हुआ है क्या आप इसका मतलब समझ सकते हैं इसका मतलब है आपको ऐसी चीज खानी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी हो आपको ऐसी चीजें कंज्यूम करनी है जिसमें पानी ही पानी हो क्योंकि आपका शरीर पानी से ही तो बना है तो चलिए जानते हैं पानी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है क्यूँकी ठंडा पानी हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाता है अगर आप लो बीपी के मरीज हैं, तो जाहिर है आपके शरीर में खून की कमी होगी और वो कमी क्यों आई क्योंकि आपने ठंडा पानी पिया ठंडा पानी पीने से हमारा डाइजेशन खराब होता है ठंडा पानी पीने से हमारी आंतें सिकुड़ जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ब्रेन पावर कम होती है मेमोरी लॉस हो जाता है हमारे दिल की काम करने की क्षमता कम हो जाती है हमारा खून खराब हो जाता है हमारे बाल झड़ने लगते हैं ये सिर्फ ठंडा पानी पीने के कारण है तो आप सोच रहे होंगे कौन सा पानी पिएं? या तो आप नॉर्मल पानी पिएं और उससे भी अच्छा है कि आप थोड़ा गुनगुना पानी पिएं, यानी गर्म पानी पिएं। अगर आप सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे आपको अद्भुत फायदे होंगे सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुने पानी के दो ऐसी तीन गिलास जरूर पिए अगर आप अपने पूरे परिवार को इस आदत को अपनाने के लिए कहते हैं तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा कौन कौन सी बीमारियां सिर्फ इस आदत की वजह से आपकी दूर होने वाली है आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ सबसे पहले नंबर पर है एसिडिटी की प्रॉब्लम आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई है दोस्तों एसिडिटी को आप पित्त की प्रॉब्लम भी कह सकते हैं यानी की पित्त दोष एसिडिटी बढ़ने का मतलब है आपके खून में एसिडिटी बढ़ना वैसे भी हमारे शरीर का नेचर एल्कलाइन है हमारा खून भी एल्कलाइन नेचर का है लेकिन हम लोग जितने मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, जितनी चाय ज्यादा पीते हैं उतना ही हमारा खून एसिडिक हो जाता है एसिडिटी को खत्म करने के लिए आपको सुबह उठते ही गुनगुने पानी का दो ऐसी तीन गिलास पीने होंगे सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने ऐसी आपकी गैस की प्रॉब्लम दूर होगी अगर आपकी बाजुओं में दर्द है तो गर्म पानी सुबह खाली पेट पीजिए अगर आपके घुटनों में दर्द है तो गर्म पानी सुबह खाली पेट पीजिए ऐसा करने से आपके पेट में गैस की प्रॉब्लम दूर होगी और ये गैस ही है जो आपके शरीर में दर्द पैदा करती है इसके अलावा इनडाइजेशन होने पर कॉन्स्टिपेशन होने पर यह गर्म पानी आपके लिए काफी फायदेमंद है कॉन्स्टिपेशन चाहे दस साल पुरानी क्यों न हो आप अगर गुनगुने पानी के दो से तीन गिलास सुबह खाली पेट पीते हैं, तो एक से दो महीने में आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी और आपकी 80 से 90 प्रतिशत बीमारियों का कारण ये कॉन्स्टिपेशन ही है अगली चीज है मोटापा हर घर में मोटापे की प्रॉब्लम है हर घर में एक न एक व्यक्ति मोटापे ऐसी परेशान है हमें लगता है की शायद हम कम खाकर मोटापे को खत्म कर सकते है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मोटापे को खत्म करने के लिए आपको अपना मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाना होगा अगर आपका मेटाबॉलिज्म कम है तभी आपको मोटापा आता है जब आप खाली पेट गुनगुना पानी पीना शुरू करते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बढ़ना शुरू हो जाता है जिससे आपका वजन ऑटोमेटिकली कम होता है अगर आप खाली पेट गुनगुने पानी के दो से तीन गिलास हर रोज पीना शुरू कर दें, तो दो से तीन महीने में आप पंद्रह से बीस किलो वजन बैठे बिठाए कम कर सकते हैं बिना योगा बिना डाइट बिना एक्सरसाइज के डायबिटीज के मरीजों के लिए भी गर्म पानी सुबह खाली पेट पीना बहुत फायदेमंद है अब आप सोचेंगे की डायबिटीज में ये फायदेमंद कैसे है दोस्तों सबसे पहले नंबर आरोप है इन डाइजेशन।, इन डाइजेशन खत्म होगी तो डायबिटीज खत्म होगी दूसरा है शरीर में शुगर का लेवल बढ़ने से डायबिटीज होता है जब आप सुबह उठकर इतना ज्यादा पानी पिएंगे, तो ये पानी आपके खून में से आपकी जो शुगर है उसको बाथरूम के जरिए बाहर निकाल देगा तो डायबिटीज में तो आपको इस तरह से फायदा मिलने वाला है आर्थराइटिस के प्रॉब्लम में भी गर्म पानी पीना फायदेमंद है क्यूँकी आर्थराइटिस क्यों होता है जब आपके खून में एसिडिटी बढ़ जाती है यानी की यूरिक एसिड बढ़ जाता है यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप पानी पिए जब आप ज्यादा पानी पिएंगे, तो इससे आपके खून में से एसिडिटी बाथरूम के जरिए बाहर निकलती रहेगी जिससे आपके जोड़ों में एसिडिटी कम होगी यूरिक एसिड कम होगा और आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप गर्म पानी के सेवन ऐसी से और लाइफ में थोड़ा चेंज कर अपने जीवन में बहुत स्वस्थ रह है सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें धन्यवाद